जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल भारत का भविष्य में लाइक गया भार में और सब्सक्राइब किया तेल लेने चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपका बिना समय गंवाए हुए दोस्तों हम क्या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जो कि आप थंबनेल में देख लिए हैं चलिए फिर से मैं आपको दोहराता हूँ दोस्तों ये है जूनिश कोर जी हाँ दोस्तों जूनिश का सी है दोस्तों तीन सौ बीस और तीन हार्ड डिस्क यानी स्टोरेज दोस्तों जूनिश कंपनी का है मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो मुझे अभी अभी का में इसे मिला है तो मैं इसे सोचा कि आप लोगों को इसे अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ दोस्तों फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने पर ऐसा ही प्रोडक्ट मिलता है चलिए मैं इसे अब अनबॉक्सिंग करता हूँ दोस्तों दोस्तों दोस्तो, इसे हमें अनबॉक्सिंग किया तो देखिए इसको कितना मतलब इज्जत से रखा हुआ है मतलब फ्लिपकार्ट वालों ने कितना प्रोडक्ट इज्जत से रख के भेजता है और सोल्ड प्रोडक्ट है दोस्तों ऊपर से साइड से टोटल मतलब गिरे तो इसमें कोई भी त्रुटि ना हो इसलिए ऊपर से भी लगाया गया है दोस्तों ये कार्ट का है दिख लीजिए फ्लिपकार्ट का दोस्तों देखिए साइड में साइड में सब लगाया गया है दोस्तों कूट वगैरह लगाया गया है फ्लिपकार्ट का दोस्तों टोटल साइड में दोस्तों पढ़ रहे में इसमें लिखा हुआ है ई कार्ट फ्लिपकार्ट दोस्तो दोस्तों जिस हाँ दोस्तों अभी दाएं बगल का है दोस्तों हम बाएं बगल का दिखाते हैं दोस्तों चारों बगल में लगाया गया है जो कि इससे फायदा होता है कि आपका प्रोडक्ट यदि गिरता है ना तो इसमें जख्म ना आए आपका प्रोडक्ट में जख्म ना आए दोस्तों ये ऊपरी हिस्सा मैंने खोला अभी अंदर का हिस्सा अभी खोलना बाकी है दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा चलिए मैं धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ चलिए दोस्तों में इसे भी खोलता हूँ खुल बाबू खुल जा खुल जा खुल जा बाबा खुल जा चला निकाल जा सिम सिम खुल जा दोस्तों इसे खोल दिया देखिए दोस्तों इसमें एक वायर है जो कि मेन वायर है जो कि हमारे सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है बिजली में मतलब डायरेक्ट हमारे घर के बोर्ड में जी हाँ दोस्तों ये वायर है चलिए देख लीजिए इसमें तीन मतलब है वो तीन है जी हाँ दोस्तों दोस्तों देखिए साइड साइड में थर्मा लगाया गया है ताकि आपका प्रोडक्ट शिफ्ट रहे मतलब देखिए दोस्तों इसको इसके ऊपर से भी प्लास्टिक लगाया गया है चलिए मैं वायर को सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ दोस्तों वायर है इसमें थ्री डिजिट दिज, वाला वायर है दोस्तों देखिए चलिए साइड में से रख दिया दोस्तों मैं इससे निकालता हूँ चलिए इसको निकाल देता हूँ ऊपर ही तो फ्लिपकार्ट का ना कैटून था चलिए अब अंदर दोस्तों जूनिश का कार्टून को मैं दिखाता हूँ दोस्तों फ्लिपकार्ट वाला कार्टून थोड़ा हार्ड है और मजबूत कार्टून है और जूनिश का जो कार्टून है ना वो छोटा है क्योंकि अंदर डलना था तो छोटा रहेगा और थोड़ा मतलब उतना मजबूत नहीं है देखिए दिखने से भी पता चल जाएगा कि मजबूत नहीं है दोस्तों देखिए अब इसको मैं निकालता हूँ दोस्तों थरमाकोल साइड साइड में लगाया गया है देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ निकालता दोस्तों इसके अंदर बहुत स्विफ्ट प्रोडक्ट जैसा है वैसा दिख रहा है दोस्तों खोलने के बाद पता चलेगा कि कैसा इसमें सेप है जूनिश्क देखिए दोस्तों एक थर्माकोल साइड साइड में लगाया गया है एक थर्माकोल है ताकि आपका प्रोडक्ट यदि कहीं गिरता है तो थर्मा कोल रोक सके उसमें कोई त्रुटि ना हो देखिए दोस्तों ये है हमारा जूनिश सीपीयू यू कोर डूगो तीन सौ हार्ड डिस्क और 4 जीबी इसका रैम दिया हुआ है जी दोस्तों आपने सही सुना 320 जीबी बीस जी स्टोरेज इसमें यानी हार्ड डिस्क 320 जीबी है और फोर जी रैम है इसमें और ये है जूनिश का ब्लैक कलर का जूनिश सी दोस्तों जूनिश सी है जो कि मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ और जो ये ब्लैक कलर का है दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जूनिस 320 सौ बीस जूनिस कोर टू डू फोर जी टोटल दोस्तों हमको पड़ा है ये 6999 हजार रुपये में जी हां दोस्तों 6999 हजार रुपये में दोस्तों मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, में लिंक होगा वो भी जूनिस cpu का है दोस्तों वो मेन था और एक वीडियो है मैंने उसे रिप्लेसमेंट किया था तो यही मुझे रिप्लेसमेंट प्राप्त हुआ है जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो को देख लीजिएगा वो ओरिजिनल वीडियो था वो फर्स्ट फर्स्ट में जब मैंने ऑर्डर किया था तो वहीं आया था दोस्तों और मैंने दूसरा बार इसे रिफ्लेशमेंट किया उसमें दोस्तों कोई ख़राबी नहीं थी लेकिन मुझे रिफ्लेशमेंट करना पड़ा क्योंकि दिखने में थोड़ा बहुत मतलब भारी था दोस्तों इसमें लिखा था कि अढ़ाई किलो का वजन है लेकिन वो लगभग तीन साढ़े किलो को मैंने इसे रिफ्लेशमेंट कर दिया और जो है ना दोस्तों बहुत बढ़िया है और देखिए वायर है देखिए मैं आपको जोड़ कर दिखाता हूँ कहाँ पे लगता है देखिए दोस्तों यहीं पे लगता है जो थ्री कोड थ्री डिजिट का था मैंने बताया है आपको पहले वो यहीं पे लगता है और ये जो मैंने दाहिने हाथ में जो रखा है ये अपने घर का वायर मतलब कनेक्शन लाइन कनेक्शन देते हैं बिजली कनेक्शन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें बिजली कनेक्शन दिया जाता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगती है इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर